अपने जीवन में आगे आना चाहते चाहते हैं हैं सफल होना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने बड़ी आसानी से अपना गोल सेट कर पाएंगे सबसे बड़ा सवाल अपने आपसे पूछे की मैं क्या करना चाहता हूँ मैं क्या बनना चाहता हूं और मैं क्या पाना चाहता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं सर मेरे जीवन का तो मैंने डॉक्टर बनना चाहता हूं इंजीनियर बनना चाहता हूं मैं, मैं, मैं गवर्नमेंट में जॉब करना चाहता हूं सबके ऐसे गोल्स जो मुझे आकर कहते हैं वो आपके गोल्स नहीं है वो आपके हम हम वो कहते हैं तो ना शायद हमें पता है अपने अपने घर पे होते मम्मी पापा के साथ कभी बातें कर होते, और पड़ा तो हो जाऊंगा उस तो दिन में ये करूंगा यो करूंगा ऐसा रोल हम लोग कहते हो और उस अपने पेरेंट्स आपको क्या कहते बेटा आप जुआ ना हैं आपको क्योंकि अपने जीवन के लिए वो जो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए देखे थे शायद वो उसे नहीं सके और फिर उन्हें लगता है कि सपने देखना गलत है और उसके लिए हमें वो सिखाते हैं कि बेटा सपने मत देखो बट मैं आपको कहना चाहता सपने, देखो, तभी आप उस सपनों को पूरा कर याद रखिएगा वो केवल एक सपना है केवल एक सोच है उसे कागज पर लिखना सबसे जरूरी है तभी वो हकीकत में बदल सकता है आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं सबसे पहले वो गोल आप एक कागज पर लिख दो और अपने स्टडी टेबल के सामने रख दो और कहो अपने आप से बन के दिखा होगा जीवन में गोल को से नहीं नहीं होगा, उसके बाद तो तो सही सही समय आएगा कि आपको सही देना पड़ेगा, अपने आपको बनाना पड़ेगा। बेहतर बनाना बनाओगे, तो में जाओगे, हम हाँ अपनी दिशा बदल जाते थे लेकिन जब आपका गोल सामने I want to this, आप आपके सामने होगा बनना चाहता हूँ जब आपका गोल आपके सामने होगा और तो भी आपका दोस्त आते है तो हैं घूमने चलते हमको है है अभी पर उस आप सफलता के संविधान पर चलना शुरू करते so,